पूर्ण जगाला तुझा रूपा रंग दिला सगड़ा प्रेमा च तुझा सुगंध दिला देवा पूर्ण जगाना तुझा रूपा सा प्रेमा काोकानी आदेश तुम्हारा देवासकी प्रतिला प्रेमा दिला दिला दिला दुछ दुछ राजा, देवा सुंदर सुंदर दसा मो घरा सदा फुले का साजुला स्वप्न सदुला राकारा जीवाना रे लकरा सर्वम मथा तुजला नाद का वेद भावना तुला एक रुहीच सै आम तुला राजा कन्या धन्य देवा संपूर्ण जगाला संजानू पासा बदला तुम्हें बिल्कुल राजा तीन top uh -oh. top